हमारे माशरे में जो काबिलियत का पैमाना है जिसकी वजह से हम लोगो के बारे में जान लेते हैं की कौन काबिल है और कौन नाल आज इसी पैमाने को थोड़ा डिस्कस करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले फास्ट में जाते है अपने माजी में जाते है और उसके बाद प्रेजेंट को डिस्कस कर लेते हैं पिछले जमाने में जो लोग काबिल हुआ करते थे मिसाल के तौर पर आइंस्टाइन थॉमस एडिसन उनके पास डिग्रीज नहीं हुआ करती थी उस स्कूल और कॉलेज में अच्छे अच्छे ग्रेड्स नहीं लिया करते थे मगर फिर भी वो अच्छे साइंसदान बन गए उन्होंने दुनिया को इंटेलिजेंस की डिफिनेशन सिखाई अपने अमन से और जो आजकल की दुनिया है जिसमें काबिल हम उन लोगों को कहते हैं कि जिनके पास डिग्रीज हैं, जिनके पास ग्रेड्स अच्छे हैं, जो कि अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ये पैमाना है शायद गलत भी हो सकता है, क्योंकि आजकल के जमाने में इलाम मस्क एपल का जो सीईओ है वो है और इसी तरह बिलगेट्स उनके पास तो डिग्रीज नहीं थी फिर भी वो उन्होंने अपने इंटेलिजेंस की वजह से पूरी दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने अपने प्रोडक्ट के जरिए दुनिया को बहुत फायदा पहुंचाया है अच्छा तो कामयाब लोग या जो लाय, लायक लोग होते हैं क्या उनके लिए डिग्री चाहिए क्या उनके लिए अच्छे ग्रेड्स चाहिए नहीं उनके लिए चार चीजें चाहिए पहला उनका अपना आइडिया आइडिया आप नहीं हो दूसरा उनका डिसीशन कि वो डिसीशन खुद लेते हैं या दुनिया उसके लिए डिसीशन लेते हैं और तीसरा वो इमोशनली किस तरह है कि वो डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं या नहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं और लास्ट में उनके पास प्रोडक्ट क्या है वो कौन से प्रोडक्ट की वजह से पूरी दुनिया फैराज कर रहे हैं तो उनके पास चार चीजें होती थी उन्होंने अपने आइडिया को लेके उस पे स्किल अप्लाई किया और स्किल अप्लाई करने के बाद उन्होंने डिसीशन लिया कुछ बड़ा करने का और लास्ट में उन्होंने दुनिया को एक प्रोडक्ट दिया वही प्रोडक्ट जिसकी वजह से आज उनका नाम बना है तो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है नॉलेज किसी भी प्लेटफॉर्म से हासिल किया जा सकता है स्किल किसी भी प्लेटफॉर्म से हासिल किया जा सकता है और जिंदगी ऑलरेडी मुश्किल है जिंदगी का सफर ऑलरेडी मुश्किल है तो अपने सोच की वजह से कि दुनिया तो मुझे नालायक समझेगी इसकी वजह से अपना प्रीशियस टाइम और अपना प्रीशियस जहन क्यों बर्बाद करते हैं हम इसके बजाय अगर हम उनही कामों पे फोकस करें, आइडियाज पे प्रोडक्ट्स पे जो आइडियाज हमारी अपनी हो जो प्रोडक्ट हमारे खुद के हो इसकी वजह से हम दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और लास्ट में जाके वही लोग जिन्होंने नालायक समझा था वही तालियां बजाते रहेंगे तो लास्ट में इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेना कि दुनिया में बिलियन ऑफ लोग रह रहे हैं करोड़ों लोग हैं सारे काबिल नहीं कुछ एवरेज है कुछ एवरेज बिलो है, है। तो उन्होंने आज तक क्या किया वही भी जिंदगी रहे हैं उनकी भी जिंदगी अच्छी गुजर रही है।, हाँ, होगी, पर अगर मुश्किल है तो अपने गलत सोच की वजह से इसको और मुश्किल नहीं बनाना चाहिए और सभी लोग जीते हैं कोशिश अपने प्रोडक्ट पे होना चाहिए हमारा अपने आइडिया पे होना चाहिए और यही रास्ता है यही ही सही पैमाना है कि कौन काबिल है और कौन नालायक है थैंक यू